छतरपुर से एक मामला सामने आया है जहां चोरी के शक में एक नाबालिग को तालिबानी अंदाज में सजा दी गई नाबालिग को दूसरे युवकों ने कुएं में हो रहा है। इसके बाद पुलिस ने संज्ञान लिया है मामला लवकुशनगर थाने के अटकोहा चौकी का है वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह केवल चोरी के शक में नाबालिग को रस्सी से बांध कर में उल्टा लटका दिया जाता है युवकों को नाबालिग पर मोबाइल चोरी का शक था जिसकी सजा उन्होंने नाबालिक को दी नाबालिग गिड़गिड़ाता रहा उसे छोड़ने की विनती करता रहा लेकिन युवक उसकी एक नहीं सुनते और रोते हुए उसका वीडियो बना लेते हैं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने युवकों को हिरासत में ले लिया और उनके होश ठिकाने लगा दिए